हेलो फ्रेंड नमस्कार अस्सलाम वालेकुम आप सभी का स्वागत है सद्दाम यूपी 41 में आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें वीडियो शेयर करें अच्छा लगे तो और कमेंट्स करके बताएं कि कैसा वीडियो लगता है अगर अच्छा लगेगा तो बनाते रहेंगे वरना तो कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे फिर अगर सऊदी देखना सऊदी के हर एक माहौल को देखना अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके बताएं, हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि मेरा अभी चैनल नया नया है इसलिए आप लोग कोशिश करें इसको सब्सक्राइब करें और लोगों को भी अपने दोस्त यारों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे हौसला अफजाई बनाए रहें मैं ये देखो पहाड़ और तो ये मैं अभी आ गए हूँ हॉस्पिटल यहाँ पे गाड़ी लगाने की जगह ढूंढ रहा हूँ तो जगह यहाँ ये देखो। ये देखो। तो ये ये नहीं लगाना नहीं किसी ने गेट खोल दिया गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाएगी ये जगह सही है यह है पार्किंग एरिया ये जो बना है ये सामने हॉस्पिटल हाँ है श्रीहद हाँ है ये जो देख रहे हैं ये टर्नन है ये टर्नन है, है। सड़ंग मैं आ चुका हूँ बकाला के अंदर ये देखो पानी है पर दूध है मठा है जूस है ये ठंडा है ये है। देखो एक पागल आदमी बैठा है अभी दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ जो मछली और मुर्गी मिलती है लोग बोलते हैं ये देखो ये प्याज है ये आलू है या लहसुन है और यही लेना है मुझे ये दिखाता हूँ तुमको यहाँ की मछली देखो ये है मछली सब बर्फ जमी हुई है ये सब पूरी मछली है तो मैं आना चाहिए ऐसे ये मुर्गी है ऐसे कहां बड़ा आधा आधा को खरीद ले ये क्या आइसक्रीम हां दैट आधा भर में नहीं था सब आइसक्रीम है टेरा जाना है YouTube में करो, करो, लाइक हाँ। और, और कोई कोई सामान सामान लेना हो इनके बकाले हाँ। पे आ जाओ। कोई सामान तो मेरे बिकला में आ जाना कोई सस्ता भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं हाँ। हाँ। कोई आसना भी आएगा तो कोई बात नहीं इंडिया वालादेश हाँ। तो कोई मुश्किल नहीं इधर आर से इस भी सब कुछ मिलता है कोई टेंशन नहीं मतलब ये लोग ऐसा नहीं है कि अजनबियों का ये मदद करते हैं ऐसी बात नहीं है उधार भी दे देते हैं पैसा नहीं होता है ऐसी कोई बात नहीं कोई बात नहीं इन शेगा ठीक है सब कुछ करना है सब कुछ अच्छा से ओके देखो ये चावल है अबोकाश और ये इंडिया का है चावल ये लिखा है इंडिया इंडियन अबू पास चावल ये देखो ये भी इंडिया का है ये यहाँ पर लिखा है लेना है मुझे लहसुन उसके लिए पुलोस्कून पहले लेके आए एक किलो कितने है का है आ, एक किलो कितने का आधा किलो, तो किलो दे दे। क्यों? सेवेन सेवेन एट